उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी में आप लोगों का स्वागत है अरे <laughs> भैया टेम्पुआ लेके गिर गयी ना बतावा उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी में अब ये कुल हुई पुलिस वाले भैया वीडियो बनी बनी, ना बनी बनाई पे